dang dang no da re ya dang dang no da re ya dang dang no da re na dang dang no da re ya dui di sexy girl let me dui di sexy girl can't let me be there ya mun dang dang no da re ya dang dang no don't go another way nah don't go again nah rage to the lady lady rain yeah oh yeah lady